कलश्चै विद्याम अर्थमचा साधयत क्षण नष्टे कुतो विद्या कड़े नष्टे कुतो धनम दर्शकों प्रत्येक क्षण का उपयोग सीखने के लिए और प्रत्येक छोटे से छोटे सिक्के का उपयोग उसे बचाकर रखने के लिए करना चाहिए मतलब क्षण को नष्ट करके विद्या प्राप्ति नहीं की जा सकती है और सिक्कों को नष्ट करके धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो आज की सुभाष तानी यही थी इस धरती माँ को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष दिनांक एक दिसंबर का राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ साल का अंतिम महीना और पहला दिन क्या कुछ कहता है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए इसके साथ साथ दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है चूँकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है आप लोग भी जानिए कि ये पांच अंग हैं कौन से तो ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण यदि इनमें किसी भी कमी होती है या ये अपूर्ण होता है तो हमारा ये पंचांग पूर्ण नहीं कहलाएगा तो विक्रम संवत 2076 हज़ार छिहत्तर शख संबत्त उन्नीस नामक संबत सब चल रहा है मार्ग शीर्ष मास रविवार दिन सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर इकतालीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर आठ मिनट पर दर्शकों एक दिसंबर दिन रहेगा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी पंचमी तिथि देखिए दर्शकों रहेगी जो है एक दिसंबर की साथ में सा जो है सात बजकर तेरह मिनट तक की इसके उपरांत षठी तिथि लग जाएगी पंचमी तिथि के बारे में हमने बताया था कि बेल का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए वरना कलंक लगने से कोई नहीं बचा सकता है यदि आपको यकीन ना हो तो हर पंचमी के दिन बेल का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए तीन महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे इसके बाद ष्ठी तिथि आएगी ष्ठी तिथि रहेगी रात्रि में तो खैर षठी तिथि के दिन नीम का सेवन नहीं करना चाहिए नीम का दतवन नहीं करना चाहिए जो भी हमारे जो है दर्शक रात्रि में दत्तवन करते हो नीम का तो एवॉइड कर देंगे ष्ठी तिथि के दिन नीम की पत्ती मत चबाइए नीम का दतवन मत करिए नक्षत्र पर आते हैं नक्षत्र रहेगा उत्तरा साढ़ा उत्तरा नक्षत्र रहेगा इसके बाद जो रहेगा ये श्रवण नक्षत्र रहेगा करण रहेगा बालो और अंतिम करण रहेगा कौलो योग रहेगा वृद्धि इसके उपरांत ध्रुव योग रहेगा राहु काल की बात करते हैं जब भी राहु काल आता है तो लोगों के मन में आता है अशुभ समय लेकिन दर्शकों ये सोचिए कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य से ले करके और शनि तक को तो स्थान प्राप्त है लेकिन राहु केतु को स्थान नहीं मिला राहु केतु ग्रह माने ही नहीं जाते हैं तो ये जाएंगे कहा तो पूरे दिन में एक घंटे का पर्टिकुलर समय होता है इसी को राहुकाल बोलते हैं इसी को राहू महाराज ने कब्जा किया हुआ है राहु काल सबके लिए बुरा नहीं होता ये भी हम आपको बता दें लेकिन फिर भी 80 परसेंट लोगों के लिए तो खराब होता है तो राहु काल का जो समय रहेगा ये दोपहर तीन बजकर पचास मिनट से शाम को पाँच बजकर आठ मिनट तक ही रहेगा अब यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो कब करेंगे तो साहब यदि शुभ कार्यों को आपको करना होगा तो कोशिश कीजिएगा ग्यारह बजकर बत्तीस मिनट से बारह बजकर पंद्रह मिनट के बीच करिएगा अभिजीत मुहूर्त रहेगा और इस मुहूर्त में यदि आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे सूर्य देव वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो सेनापति मंगल के घर में चलायमान माने वही चंद्रदेव मकर राशि में मान है दर्शकों रविवार दिन और दिशा की बात ना करें तो ये तो बिल्कुल भी जो है ए, सही नहीं होगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशा होता है क्या करना रहेगा उपाय तो उपाय के तौर पर कोशिश ये करिएगा कि आप लोग जो है पान का घी का गुड़ का सेवन करके निकल सकते हैं और जल जब ग्रहण करिएगा निकलने से पहले यदि आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो तांबे के पात्र में ही जल ग्रहण करिएगा और पहले डायरेक्ट पश्चिम दिशा की ओर ना जाकर के पूर्व की ओर आपको चार कदम चलना होगा इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर आपको जाना होगा तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेथ राशि लेकिन दर्शकों फिर कह रहे हैं कि हम जब लाइव होते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती तो आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि पंडित जी आप लाइव कब होते हैं तो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो इसके लिए बेल आइकन दबाना देखिए दर्शकों आप सभी लोगों के लिए नित्यांत आवश्यक है ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचे हम जब भी लाइव से करें आप हमसे जुड़ जाएँ तो चलते हैं मेष राशि की ओर तो मेष राशि के जातकों आज आपका सकारात्मक रवैया लोगों को पसंद आएगा कानूनी मामलों में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है खुद को आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे भगवान भास्कर की कृपा आज आप पर रहेगी सामाजिक क्षेत्र में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आज आपको फ़ायदा होगा कुछ नए दोस्त भी आज आपको बन सकते हैं तमाम लाभ के अवसर और बिजनेस में आज आपको तमाम अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज तांबे के पात्र में आप लोग जल का सेवन करिए भगवान भास्कर को आज आपको जल में लाल कुमकुम डाल के अर्घ्य देना रहेगा शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वृषभ राशि के जात को आज आपका रुझान आध्यात्मिक की ओर बहुत ज्यादा रहेगा भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा किसी खास काम में आज आपको दोस्तों की मदद भी मिलेगी लेन देन के मामले में आज आपको थोड़े से जानकार लोगों की सलाह मिलेगी वैसे आज सारा दिन आप कोशिश करेंगे कि आप सोएं बहुत ज्यादा आज आप लोगों के मन में आलस्य बहुत रहेगा इस कारण निंद्रासन कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया था तो आज आप लोग निद्रा बहुत ज़्यादा जो लेंगे इसके साथ साथ घर परिवार के लोग आज, आज आपसे प्रसन्न रहेंगे कहीं पर आज शाम को बाहर जा सकते हैं कुछ आपका धन खर्च होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है करियर में सफलता मिलेगी जिन लोगों का एग्जाम है अच्छा जाएगा एग्जाम में सफल हो आज क्या करना रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए सूर्य गायत्री मंत्र का एक बार जो है आपको जाब करना रहेगा देखिए कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं सरकारी नौकरी तो सरकारी क्षेत्र पर सूर्य भगवान का आधिपत्य होता है तो सूर्य गायत्री मंत्र इसको आप करिए किसी भी प्रकार का नॉन वेज मत खाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन जेमिनी मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज आपका दिन पहले के अपेक्षा अच्छा रहेगा कारोबार में आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आपको कोई नया अनुभव मिल सकता है आज आप किसी नई जगह की यात्राओं पर जा सकते हैं आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की आज आप कोशिश करेंगे आज आपके धन में भी वृद्धि अधिक होगी उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिए कि आज पिता के पैर छूए उनको दंडवत प्रणाम करिए तथा आज अपने पिताजी को अपने हाथों से गुड़ ले जा करके जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कर्क राशि कैंसर तो कर्क राशि के जात को रविवार का ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो भी काम में आज आप हाथ डालेंगे वो आपके काम सफल होंगे आज आपके ऊपर आपके सीनियर्स का हाथ रहेगा किसी भी प्रकार के चिंता में आज आप नहीं रहेंगे आज बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहेगी घर में कोई मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है साथ काम करने वाले व्यक्ति के मन में आज आपको ले करके बहुत ही ज़्यादा इज्जत रहेगा नेगेटिविटी से आज आपको बचने के यहाँ पर सितारे देखिए सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा भगवान सूर्यदेव को जब आप अर्घ दीजिएगा तो जल में थोड़ा सा इत्र गिरा लीजिएगा उसके बाद अर्घ्य दीजिएगा आपके सभी विशेष पूरे होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक जी हाँ सिंह राशि लियो क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे फटाफट देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जय श्री राम का आप लोग उदघोष कीजिए आप लोग जय श्री राम लिखिए मैं भी कोशिश करूंगा कि जय श्री राम लिखूँ देखते हैं आप में ज़्यादा दम है या हमारे में दम है इतने लोग आप लिख दीजिए कि हम पागल हो जाए लिख ना पाए तो सिंह राशि के जात आज आपका दिन सामान्य रहेगा आपको बिजनेस में कुछ बहुत बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं कई दिनों से परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानी आज आपकी सॉल्व होगी आज आपको किसी फ्रेंड की मदद मिल सकती है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत आज आपको छोड़ देनी चाहिए इसी में आज आपकी भलाई रहेगी आज आपको जो है परेशानियां आएंगी लेकिन दूर होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान सूर्य देव के समक्ष बैठिए और 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए थोड़ी देर सूर्य का प्रकाश अपने शरीर में बॉडी में एब्सॉर्ब करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच कन्या राशि के जातकों क्या कुछ कहते हैं आज के दिन के लिए आपके तारे और सितारे तो कुछ लोगों की उदारता से आज आपके काम पूरे होंगे दिन आपके फेवर में रहेगा कैरियर में सफलता के लिए आज आपके दिमाग में कोई ना कोई नया विचार चलेगा रिश्तों के लिहाज से आज, आज आपका दिन खास रहेगा आपको हर बात की गहराई में जाने की इच्छा सताएगी व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी आज आपके सभी काम पूरे होंगे आज आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि आदित्य हृदय स्रोत का सूर्य के समक्ष बैठ के तीन बार पाठ करिए और कुत्ते को आज आप लोग रोटी में गुल डाल करके जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तुला राशि लिब्रा तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा किसी काम में आज, आज आपको ज़्यादा समय लग सकता है कोई कठिन काम आज, आज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है जीवन साथी के साथ आपकी कुछ गलतफहमी हो सकती है सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा समय पर खान पान से आज जो है आपकी सेहत ठीक रहेगी आज के दिन जीवन साथी के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं तो इन मतभेदों को दूर करिएगा पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में कुछ चिंता सताएगी इसको भी आज आपको दूर करना होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कि किसी युवक को जो कि युवा होगा उसको आज आप लोग कुछ मीठा खिलाइए गुड़ खिला सकते हैं छेने से बनी हुई कोई चीज खिला सकते हैं या गुड़ के जो रसगुल्ले आते हैं ये भी आप लोग खिलाइए अच्छा रहेगा दूसरा दर्शकों आपको आज करना क्या रहेगा प्रातःकाल जल्दी उठिए और सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर आपको बैठना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज किसी नई योजना को लागू करने से आपको लाभ मिलेगा किसी जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा मित्रों की सलाह लाभपूर्ण रहेगी किसी मित्र से आज आपको कुछ उपहार भी मिल सकता है परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी मंदिर में आज आपको अनार का लाल फल पपीता हो गया अनार हो गया आपका इसका दान आपको करना रहेगा सेब हो गया तो लाल फलों का दान करिए दूसरा दर्शकों आपको करना ये रहेगा कि भगवान भास्कर को आज अर्घ्य देने के उपरांत गायत्री मंत्र एक बार जरूर पढ़ें शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात सैजिटेरियर धनुराशि क्या कुछ कहते हैं आज आज आज आपके सितारे तो कारोबार में अचानक फायदा होने के के योग बन रहे सहकर्मी आज आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे आर्थिक पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा अधिकारियों से किसी खास काम के बारे में बातचीत होगी आज आप अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों से होने वाली कुछ जरूरी मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी कारोबार में वृद्धि होगी लेकिन आज कोशिश आपको ये करना रहेगा कि जो भी आपके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना रहेगा गाय को रोटी में गोल डाल के आज आप लोग जरूर खिलाइए और दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए भी रहेगा एक कौन मकर राशि क्या कुछ कहते हैं सितारे तो चंद्रमा आप ही की राशि में चलायमान है दिन आपके लिए सामान्य रहेगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा आज आपके कुछ कामों में रुकावट आ सकती है जिससे आज, आज, आज आप परेशान रहेंगे आपको धैर्य से काम लेने की सितारे सलाह देते हैं दफ्तर में अधिकारी वर्ग काम को लेकर के थोड़ा सा आज आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा आज आपका उदार भाव लोगों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है मंदिर में आज कोशिश कीजिएगा कि लाल पुष्प लाल पुष्प से भगवान की पूजा करिएगा दूसरा तांबे का दान गुड़ का दान गेहूं का दान लाल मसूर का दान धर्म स्थान पर आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ कुंभ राशि एक्वायर्स क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन आपके अनुकूल चलेगा आज आप जो चाहेंगे वो होगा लेकिन खर्चे आपके बहुत ज्यादा होंगे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके फेवर में आज एग्जाम होगा खास करके जो छात्र लोग हैं इनको इनकी मेहनत का पूरा पूरा परिणाम हासिल होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी कोई आज आपको अच्छी सूचना मिल सकती है कोई रिजल्ट आज आपके फेवर में आ सकता है कुल मिलाकर के दिन उत्साह से भरा रहेगा आज आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव हो सकता है आज जीवन में बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे लेकिन अति सर्वत्र वर्जायत उत्साह में किसी को कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा कि आपका लड़ाई झगड़ा हो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो भगवान भास्कर को, को, को चले लेकिन दर्शकों आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि यदि नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना बेलाइकन दबाइए क्योंकि जब भी हम लाइव होते हैं तो लाइव कुंडली देखना स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोगों तक हमारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के पहुंचे देखिए तीन लाख सड़सठ हज़ार के करीब सब्सक्राइबर इस चैनल पर हैं तो एक्टिव लेकिन नहीं हैं आप लोग एक्टिव होइए देखिए तो अंतिम राशि पर पढ़ते हैं मीन राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो परिवार के सदस्यों के साथ आज आपके रिश्ते बेहतर होंगे खास करके विद्यार्थियों को आज आपको बेहतर लाभ होने वाला है घर में खुशी का वातावरण रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज आप क्रैक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या स्थल पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं परिवार में मांगलिक कार्यो की रूपरेखा तय होगी आज जो लोग अविवाहित हैं इनका कोई विवाह का प्रस्ताव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे आज बड़ों का मान सम्मान आप लोग करेंगे वाहन बस सावधानीपूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज सनराइज से सनसेट के बीच में आपको नमक का सेवन नहीं करना आपके ब्लड के अंदर नमक बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए NACL होता है ना फार्मूला तो बिल्कुल भी आपके ब्लड में नमक घुलना नहीं चाहिए जब से सूर्योदय से सूर्यास्त तक क्या करना है तो फलाहार करिए किसी भी प्रकार का ब्लैक सॉल्ट हो व्हाइट सॉल्ट हो रॉक सॉल्ट हो आपको नहीं लेना है फलों पर आज आप रहिए एक दिन में कुछ हो नहीं जाएगा और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो लोग ले सकते हैं क्योंकि उनको चिकित्सीय परामर्श की उसमें देखिए भगवान भी माफ़ कर देते हैं डॉक्टर ने यदि लिखा ये दवा खानी है तो आप लोग बिल्कुल खाइए दूसरा एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम का आज आप लोग सूर्यदेव के समक्ष बैठ पाठ करिए देखिए आपके जीवन में कितनी ज़्यादा जो है खुशी आएंगी आप लोग संभाल नहीं पाएंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो ऑरेंज कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा राशिफल दर्शकों बताते जाइए कमेंट करिए फटाफट और आप लोग भी जय श्री राम लिखिए चलते चलते दर्शकों आप सभी लोगों से विदा लेते हुए हाथ जोड़ करके आपसे प्रणाम करते हुए ये पुनः आश्वासन देते हुए कि नेक्स्ट डे के राशिफल में आपसे मिलते हैं दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार आप सभी लोगों का दिन शुभ हो